दोस्तों अगर आपके भी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना विध प्रूफ में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपके सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से इक्रीज हो जाएंगे पहले तो आप यहां पर एक वीडियो देखिए जिस पर 2.8 पॉइंट मिलियन व्यूज आए हुए हैं चार दिन इसे हो चुके हैं अपलोड हुए एंड इस वीडियो आरोप लगातार व्यूज आते जा रहे हैं आप रियल टाइम व्यूज यहाँ पर देख सकते हैं साथ ही ट्रैफिक सोर्स देखिए यूट्यूब सर्च ऐसी इस पर व्यूज आ रहे हैं एक चीज आप ध्यान रखना अगर आपका वीडियो यूट्यूब सर्च में चला जाता है ना तो उस पर लाइफ टाइम तक व्यूज आते रहते हैं अब दोस्तों यहीं पर आपको पॉइंट समझना है की आप अपने वीडियो को YouTube सर्च में कैसे भेज सकते हैं यानी कि जब भी कोई YouTube पर टॉपिक सर्च करे तो आपका ही वीडियो टॉप पर आए तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड उसके बाद ब्राउज़र पर अपने चैनल का डेबोर्ड ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पर चैनल एनालिटिक पर क्लिक करके रिसर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए आप दोस्तों तो यहाँ पर सर्च अक्रॉस यूट्यूब में जो है अपने वीडियो का टाइटल यहाँ पर डाल दीजिए एंड इसके बाद यहाँ पर जो भी की आपको दिखाई देते है ना इसका स्क्रीन ले लीजिए एंड इसके बाद सिंपली आपको ट्यूबडी एप्लीकेशन पर चले आना है एंड जिन भी कीवर्ड का यहाँ पर सर्च वेल्यूम अधिक हो कम्पिटिशन कम हो ऐसे की को टैग टाइटल डिस्क्रप्शन में यूज